रंग की सावली पर दिल की साफ हो के रंग की सांली पर दिल की साफ हो तुम अपने दिल का हाल बताओ इस दिल में तो बस आप हो और किसी की जरूरत नहीं इस दिल में बस तू है के और किसी की जरूरत नहीं इस दिल में बस तू है अब कह देना I love you, मेरी ओर से तो आई लव यू टू है जो मर्जी वो कहो पर ये